नमस्कार दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप एक वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे आइए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप तो दोस्तों हम आ गए हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे वर्डप्रेस जैसे कि आप जानते हैं वाड का डेवलपमेंट साइट होता है वार्ड ये सारे बहुत वर्ड का डिफॉल्ट थीम दिए हुए हैं और भी बहुत सारे हैं फीचर्स इसमें जो आप अपना हिसाब से यूज कर सकते हैं तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करें तो आपको गेट वर्डप्रेस में जाना है फिर जैसे ही आप गेट वर्डप्रेस में गए और उसको क्लिक किए तो उसके बाद ये सारे ऑप्शन आएंगे आपको कुछ नहीं करना है वर्ड का ये लेटेस्ट वर्जन है 5.9 ये चल रही है तो आप इसको सिंपल क्लिक करें इसको क्रोज कर दें दोस्तों थोड़ा ये टाइम लगता है आपका नेट के ऊपर नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ये हमारे स्क्रीन पे ये डाउनलोड हो गया है अब हम चलते हैं इसको अपना हैं। दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है और हम इसको यहाँ से कॉपी करके अपना जैम सर्वर में ले जाएं। ये हमारा सर्वर के अंदर में नाम का एक फाइल है। इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद जो अपना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नेम नेम होगा वो प्रोजेक्ट नेम यहां पे बनाइए न्यू में जाने के बाद यहाँ पे फोल्डर में जैसे यहाँ पे हम आ, अपना नाम से एक फोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट के बाद सिंपल इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे तो हम स्ट्रेट हेयर में क्लिक करते हैं दोस्तों ये हो चुका है इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं जैसे कि हम ये अपना प्रोजेक्ट नेम देते हैं इंटर डिजाइनिंग इंटर डी कर देते हैं दोस्तों ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है अब हम इसको कैसे इंस्टॉल करें आइए हम आपको बताते सबसे पहले आपका ये जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप कर लिए हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा जैसे कि दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद ये ऑन हो गया इसके बाद हम ये सिंपल स्टार्ट स्टार्ट हो गया है इसके बाद हम क्रोम ब्राउजर और एक टेप ऑन करेंगे और यहाँ पे सिंपल लोकल होस्ट लिखेंगे पीएच पी माई फ्रेंड्स पी एच पी ओपन हो चुका है अब हम यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाना पड़ेगा न्यू में गए और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस जैसे हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेंड्स यहाँ पे डेटाबेस नेम दीजिए हम यहाँ पे डेटाबेस नेम फ्रेंड्स आपका डेटाबेस बन चुका है ये आपका डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस रहा। अब ये को सिंपल आपको करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के टाइम नाम आपको देना पड़ेगा। तो हम और एक बार जाते हैं न्यू क्रोम पे और यहाँ पे लोकल होस्ट आपको अपना और यहाँ पे राहुल प्रोजेक्ट सर हम दोबारा ब्राउजर में गए यहाँ पे उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है उसको पेस्ट कर दीजिए इसके बाद इंटरप्रेस की ट्रेंड्स ये वर्ड का आ चुका है यहाँ पे सिंपल यूनाइटेड स्टेट आपको रखना है या आप जिस लैंग्वेज पे चाहते हैं वो लैंग्वेज पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हम लोग यूनाइटेड स्टेट रखते हैं और इसके बाद कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यू करने के बाद इसका आप अच्छा से पढ़िए बोला डेटाबेस नेम डेटाबेस यूजर नेम डेटाबेस पासवर्ड डेटाबेस होस्ट नेम और ये सिंपल सा उसका जो डिस्क्रिप्शन है दिया हुआ है ये आप अच्छा से पढ़ लीजिए पढ़ना चाहेंगे तो अदरवाइज इसको आप लेट्स इन को हमें क्लिक कीजिए इसके बाद यहाँ पे बोल है जो आपका डेटा नाम आप दिए हैं सिंपल जाना है यहाँ पर लोकल होस्ट में और यह देखिए फ्रेंड्स ये आपका डेटा नेम इसको कॉपी कीजिए पे पेस्ट कर दीजिए इसके बाद पूछ रहा है है यूजर यूजर मोस्टली लोकल होस्ट में में नेम रूट रहता है। और में आप छोड़ दीजिए और होस्ट नेम डेटाबेस होस्ट नेम में लोकल होस्ट रहेगा ये आपकी वर्क प्लेस इंस्टॉल हो रहा है, बोल रहा है ये आपको रन रन इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन है आपको हो जाए इसके बाद आप साइट का क्या काम देना चाहते हैं तो जो भी आप एक्स वाई जी एड लेते हैं यहाँ पे मैं सिंपल माई साइट हम करते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको वाट्रे से एक डैस देता है उस डैस के लिए ये पूछ रहा है आप यूज़र नेम क्या दीजिएगा तो मैं सिंपल सा यहाँ पे आर बी एम रखता हूँ पासपोर्ट में पूछता है आप क्या ये यही पासपोर्ट आपको चाहिए या आपको चेंज करना है फ्रेंड्स अगर चेंज करना है तो आप यहां पे सीधे से क्लिक कर दीजिए इसको हटा देने के बाद आपको यहां सिंपल पासपोर्ट दे दीजिए और यहां पे आपको ये दिखा रहा है वेरी वीक पासपोर्ट फ्रेंड्स कोई बात नहीं है आप यहां पे अपना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट भी दे सकते हैं अदरवाइज इसको आप क्लिक कीजिए ये कन्फर्म ऑफ वो एक पासपोर्ट बोल रहा है ये कन्फर्म करने के लिए बोला है सिंपल इसमें क्लिक कर दीजिए और इसके बाद कोई भी एक मेल आईडी दे दीजिए और इसके बाद सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए फ्रेंड्स वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे लॉगिन पे और जो भी आप वहाँ पे दिए थे यहाँ पे पे पे सिंपल आप दे दीजिए और यहाँ पे मेरा आरबीएम आरबीएम था तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स ये देखिए वाटप्रेस का डैशबोर्ड मिल गया है और आपका स्क्रीन पे ये वर्डप्रेस का डिस्पोर्ट आ गया है आप सिंपल आपको चेक करना है कि वर्डप्रेस तरह से उसका लेआउट आया है यहाँ पे आपको माई साइट पे जाना फ्रेंड्स वाटप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद आप इसको कस्टमाइज करके एक अपना अच्छा से अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं या कोई फ्रीलांसर है कोई स्टूडेंट है वो अपना अगर अर्न करना चाहेंगे तो ये आप सीख के आप सिंपल सा फ्रीलांसर पर काम कर सकते हैं और पार्ट टाइम बेस पे काम कर सकते हैं इसके लिए कुछ हमें प्लॉगिन की ज़रूरत होंगे और वेबसाइट को डिजाइन करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे तब तक, तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू